सिंगरौली में अंतरराष्ट्रीय दृष्टिवादित क्रिकेट खिलाड़ी चंदन कुमार का सम्मान किया गया चंदन कुमार को उपहार स्वरूप क्रिकेट किट भेंट किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। सिंगरौली मुख्य महाप्रबंधक बसुराज गोस्वामी और वनिता समाज अध्यक्ष जयिता गोस्वामी ने चंदन कुमार को उपहार देकर उनका सम्मान किया दृष्टिवादित टी क्रिकेट विश्व कप के चयनित प्रतिभावान खिलाड़ी चंदन कुमार चिल्का डांड गाँव के रहने वाले हैं चंदन कुमार वर्ष दो से लगातार राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं वर्ष 2018 में इंडिया और इंग्लैंड के क्रिकेट मैच में चंदन कुमार ने भारत को शानदार जीत दिलाई थी उन्हें वर्ष 2022 में त्रिकोणी श्रृंखला के मैच में भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ दुबई में खेलने का मौका भी मिला था और उन्हें देश के कई हिस्सों में नागेश ट्रॉफी में भी खेलने का मौका मिला चंदन कुमार अब तक कुल चौबीस मैच खेल चुके हैं और वे अब तक एक रन बना चुके हैं जिनमें दो शतक और सात अर्धशतक लगा चुके हैं भविष्य के लिए चंदन कुमार का क्रिकेट विश्व तेईस में नागेश ट्रॉफी खेलने जाएंगे मैं हुआ और इसमें मैंने अच्छा प्रदर्शन किया और फिर बाकी तो अच्छा करते करते करते मैं दोगे दोगे दोगे दोगे दोगे दोगे दोगे दो हजार बाईस में दोबई में बांग्लादेश मेरा नाम hmm. था खेलने गया वहाँ पर अच्छा पोजिशन करके के आया एनसी के द्वारा हमें पूरा क्रिकेट फीडबैक दिया गया है और इससे पहले हमारे डी सी के सदस्य हैं रवी भिया उन्होंने पूरे में बहुत ही सहायता था कि जब हमारे आर्थिक तंगी थी हमें सहयोग नहीं मिल रहा था खेलने के लिए तो की व्यवस्था की उसके बाद ये एनसी पी सी के गया है और धन्यवाद सुना ये बहुत गर्व की बात है चंदन कुमार जी सिर्फ हमारा सोनभद्रा का नहीं पूरा यूपी का नाम रोशन किया है उन्होंने भारत का दृष्टिबंधित जो टी ट्वेंटी टीम है उन्होंने उसका मेंबर है उन्होंने दुबई में जाकर भी सफल हुए हैं मैं उम्मीद करता हूं उन्होंने आगे और सफलता लाभ करते रहेंगे वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें